पैसों से क्या खुशी मिलेगी सर? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो पैसों से हमें खुशी नहीं मिलती लेकिन हर चीज से मिलने वाली खुशी के पीछे पैसा है वो क्या है ना मनी इज ऑलवेज अल्टीमेट दुनिया में हर कोई अपने जीने का तरीका चुनता है और मैंने ये तरीका चुना है